अलमेकम लीजिए आपकी खिदमत में हाजिर है आज जाफ़रानी चिकन जो बहुत आसान तरीके से बन जाता है ये देखिए माशाल्लाह बोटी भी एकदम और बहुत जल्दी बनाया ये क्योंकि चिकन तो बहुत सिलो आज में भी गल जाता है ये माशाल्लाह देखिए ग्रेवी भी कितनी ज़बरदस्त है और खुशबू भी माशाला बहुत ही ज़बरदस्त आती है इसके अंदर से क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़रान खुशबू काफ़ी देता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना इसके लिए हमने ये तेल ले लिया इसमें हमने तकरीबन डेढ़ सौ ग्राम थोड़ा ज़्यादा है डेढ़ सौ ग्राम से और इसमें हम डाल देंगे अब जीरा और हमने ये गरम मसाला हमारे पास जो है ये हाफ चम्मच ये काली मिर्च काली मिर्च मिर्चें एक चम्मच जीरा है और ये छः से सात जो है हमारे में छोटी इलायची हैं और ये बड़ी इलायची दो पीस हमारे पास फूड कलर है हाफ चम्मच दो तेज के करते हैं हमारे पास दो तेज पात डाल दिए हमने इसमें और हमारे पास तकरीबन एक किलो चिकन है उनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से इधर मीडियम फ्लेम रखना आपको बस हाई नहीं करना ज़्यादा नमक डाल देंगे एक चम्मच अपने स्वाद के अनुसार डालना है आपको थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा अच्छे से भुन जाएगा थोड़ा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट इसको हल्के से चला देंगे अब और पाँच मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे इसको बस पाँच से सात मिनट फिर इसमें ऐड कर देंगे मैं अपने मसाले ये हमारे पास मसाले हैं लाल मिर्च एक चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच हम दही ऐड कर देंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल बढ़िया से इसको ज़ाफरानी चिकन आप बिना मेरीनेट करके बना सकते हैं इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे बस इधर हमने हमारे पास फ्राई हुई प्याज़ है इसको आधा किलो प्याज थी हमने 500 ग्राम प्याज इसको अच्छे से फ्राई करके इसको मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे और थोड़े से बादाम है हमारे पास उनको भी इसके साथ ही ग्रैंड कर लेंगे हम इधर हमारा चिकन भी ये बन चुका है तकरीबन ये देखिए पानी सब सूख चुका है इसके अंदर से तेल छोड़ दिया इसने भी तो अब इसमें जो पेस्ट बनाया था हमने प्याज़ का और बादाम का वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अब तो चला देंगे बढ़िया करके इसको ताकि ये अच्छे से पक जाए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 100-150 ग्राम जो हमारे पास पेस्ट था उसी उसी बर्तन में हमने पानी ले लिया और इसमें डाल दिया सब इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए नमक स्वाद ये जाफरान है दो चुटकी हमारे पास इसको पानी में भिगो दिया मैं थोड़ी देर के लिए इसको इसमें डाल देंगे अब। इसमें क्या थोड़ा सा कलर और खुशबू आ जाती है बस इसकी। अब ये तकरीबन रेडी है अस्सी परसेंट बस थोड़ा सा और १० मिनट के लिए इसको पकाएंगे और बस ये देखिए माशाल्लाह चिकन बन के रेडी है हमारा चलिए निकालते हैं इसको प्लेट में ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है माशाल्लाह ये लीजिए तैयार तो है हमारा चिकन माशाल्लाह देखिए अंदर तक बढ़िया से गल चुका है और बहुत जल्दी मुमकिन तीस मिनट में ये बन के रेडी है बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है माशाल्लाह ग्रीवी देखिए कितनी गाड़ी है ग्रेवी है माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है ये हमारा चिकन ये देखिए खुशबू तो लाजवाब है इसमें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनशाला बने रहिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया